कन्या राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए क्या कुछ नया लेकर के आया देखिये कन्या राशि के जो है जो जातक हैं देवगुरु बृहस्पति इनके चतुर्थ और सप्तम भाव के मालिक हैं आप लोग स्क्रीन पर कुंडली देखें साथ ही साथ इनका जो गोचर हो रहा है ये पंचम भाव में हो रहा है पंचम भाव में ये गोचर होना आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का नीच का होना तो यहाँ पर देखिए दर्शकों एक बात बता दें क्लियर कट आप लोगों को कि पंचम स्थान जो होता है ये आपके बुद्धि का होता है ये आपके विवेक का होता है ये आपके संतान का होता है ये आपके शिक्षा का होता है एजुकेशन का होता है साथ ही साथ सुख के लॉर्ड यहाँ पर आपके पंचम में आ गए तो संतान से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसमें कुछ कमी आएगी ज, ज, ज, जो लोग संतान की इच्छा कामना कर रहे थे बहुत कुछ पूजा पाठ दवा करा लिए वहाँ पर अब जा कर के इनको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे यदि आप लोग एजुकेशन में कुछ कन्फ्यूज रहेंगे ये गोचर आप लोगों को भूमि की प्राप्ति कराएगा वाहन की प्राप्ति कराएगा साथ ही साथ पंचम स्थान पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य के घर पे होगी और सप्तम दृष्टि आपके इनकम के घर पे होगी और नवम दृष्टि आपके लग्न पर होगी तो बेहतर रहेगा आपके लिए कि आपकी इनकम काफी मजबूत होगी भाग्य का साथ मिलेगा देवगुरु बृहस्पति नीच के होने जा रहे हैं तो आपका जो है धर्म के प्रति और आस्था जागेगी व्यापार में निवेश करने का जो ये समय रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा साझेदारों के साथ भी तालमेल बने रहने से लाभ होगा आपको मन चाहे नौकरी प्राप्त होगी और आपकी मेहनत के अनुसार आपको प्रमोशंस इत्यादि इसमें मिल सकता है जमीन से जुड़ा हुआ कोई निवेश यदि आप करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा यदि आप आ, एजुकेशन फील्ड में भी निवेश करने जा रहे हैं कोई अपना स्कूल खोलने जा रहे हैं चाहे वो प्ले ग्रुप का हो चाहे वो इंटर कॉलेज हो डिग्री कॉलेज हो हाई स्कूल्स हो सेकेंडरी स्कूल हो निश्चित रूप से उसमें आप लोग सफल होंगे ये व्यापार आपके लिए बढ़िया चलेगा देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के कारण देखिए वाहन पैसे आपके खर्च भी बहुत ज़्यादा होंगे एक्सपेंसिज बहुत ज़्यादा होंगे तो वाहन इत्यादि में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है किसी से बात विवाद चल रहा है तो वहाँ पर अत्यधिक उलझने की बजाय तालमेल बिठा करके यदि आप बैठाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा कोई पुराना रूठा हुआ साथी वापस आपकी जिंदगी में आ सकता है क्योंकि पंचम स्थान ये आपके प्रेम संबंधों का भी होता है जिससे आपके जीवन में प्यार की बाहर भी लौट आएगी साल के अंत में आपको मन चाहे साथी से भी देखिए विवाह संपन्न हो सकता है और उनसे आप लोग विवाह के बंधन में बन सकते हैं किसी कार्य के लिए कर लेने की सोच रहे हैं तो जो है आप लोगों को आसानी से कर भी मिल सकता है साथ ही साथ संतान सुख की प्राप्ति भी आपको होगी देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर रहेगा आपके लिए काफ़ी कुछ नया ले करके आया उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए हर बृहस्पतिवार आप लोग गाय को एक दर्जन केला जरूर खिलाइए साथ ही साथ हल्दी का तिलक प्रतिदिन मस्तक पर लगा करके तब घर से बाहर निकलिएगा सवा किलो चने की दाल माह में शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को आप लोग किसी ब्राह्मण को जरूर दे दीजिएगा एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप लोग यथासंभव जाप करिए सब कुछ अच्छा होगा तो दर्शकों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 is uh -huh.